हेलो गाइज वेलकम बैक माय न्यू ट्रेडिंग वीडियोज गाइज जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो ये कल की एक वीडियो का छोटा सा पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे सिर्फ मैं अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ एक लाख साठ हज़ार छः सौ सतहत्तर रुपीज जो है मेरे अकाउंट में आज मैं आपको अपनी टोटल हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ तीन से चार दिन की तो ये पार्ट मुझे आपको दिखाना जरूरी था कि मैं कितना बेनिफिट करता हूँ कितना लॉस करता हूँ और किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ सब कुछ दिखाई अब ना मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा कि एक बेस्ट ट्रेडर कैसा होता है कहाँ पे वो अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देता है यानी कि आगे ट्रेडिंग नहीं करता है आपने देखा होगा मेरी डेली वीडियो में यहाँ पे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उस टाइम मेरे पास जो है एक लाख साठ हज़ार थे ठीक है अब आप देखेंगे एक लाख मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये यह दिखाना चाहूँगा कि वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडर हंड्रेड विन नहीं करता अपनी हर एक ट्रेड मैं आपको यहां पे तीन से चार दिन की अपनी हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा ठीक है आपको पता चल जाएगा मैंने किस तरीके से प्रॉफिट किया है किस तरीके से लॉस किया है क्योंकि ये आपको कोई भी यूटूबर नहीं दिखाएगा मैं चाहता हूँ कि आप सही तरीके से समझो आप ट्रेडिंग को सही तरीके से जानो और सही तरीके से इसका यूज कर सको ये ना हो कि आप इसके आदि बन जाओ ठीक है अनलिमिटेड ट्रेडिंग करोगे तो गाइज़ आपको लॉस ज़्यादा होगा हमें आदि नहीं बनना है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले तो मैं आज की ही आपको ट्रेडिंग दिखाता हूँ आज मुझे क्या हुआ एक्चुअली गाइज आप देखेंगे 24 जुलाई को हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की ठीक है यहाँ पे सबसे पहले हम 24 की ही बात करेंगे ठीक है यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रेडिंग की सबसे पहले 24 तारीख को मैंने एक ट्रेडिंग की ठीक है आप देखेंगे ये मेरी साढ़े तीन हज़ार रुपीज़ की लॉस गई यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी बेनिफिट गई ये मेरी बेनिफिट गई और ये मेरी बेनिफिट गई यानी कि मैंने चार ट्रेडिंग की उसमें से एक लॉस गई और तीन विन गई उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा ये साढ़े तीन हज़ार रुपीज़ की मेरी लॉस गई ठीक है ये साढ़े तीन हज़ार रुपज़ की लॉस गई ये सात हज़ार रुपेज़ की लॉस गई और ये चौदह हज़ार रुपज़ की गाइस लॉस गई अगर आप देखेंगे कंटिन्यू एक दो तीन चार चार ट्रेडिंग मेरी लॉस गई ठीक है उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा चौदह रुपए की विन गई चौदह हज़ार रुपीज़ की विन गई फिर से चौदह हज़ार रुपीज़ की दो जो है मेरी लॉस गई तो एक्चुअली मैं लॉस में चल रहा था मैं आपको बता दूं, ठीक है फिर मैंने यहाँ पे चौदह हज़ार रुपीज़ की की वो मेरी विन गई चौदह हज़ार रुपीज़ की की वो विन गई और मैं जो है सही तरीके से अपना प्रॉफिट कर चुका यानी कि हज़ार पंद्रह सौ रुपीज़ जो है मुझे प्रॉफिट हो गए थे यानी कि मेरा लगभग जो है लॉस कवर हो गया फिर साढ़े तीन हज़ार की की फिर साढ़े तीन हज़ार की की और फिर साढ़े तीन हज़ार रुपीज़ की, की इस तरीके से लगभग छः हज़ार के करीब का साढ़े पाँच छः का यहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैंने टोटल देखा कि एक से मैंने इस्टार्ट की और एक पे जो है मैं आ चुका यानी कि का जो है मुझे प्रॉफिट हो गया ठीक है अब मैं आपको यहाँ पे तेईस तारीख की भी जो है दिखाना चाहूंगा आप यहाँ पे तेईस तारीख की भी देखें तेईस तारीख को एक साढ़े तीन सौ रुपीज की विन ठीक है और एक साढ़े तीन सौ रुपीज की विन और आप देखेंगे साढ़े तीन साढ़े दो गाइज दो हजार रुपीज की कल की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था ठीक है तो ये जो है मेरी टोटल जो है विन गई उसके बाद जो है 22 तारीख की अगर आप देखेंगे सात हज़ार रुपेज़ की विन है और आप देखेंगे साढ़े तीन हज़ार रुपीज़ की विन है सात हज़ार रुपेज़ की आप देखेंगे लॉस है 22 तारीख में ही साढ़े तीन हज़ार रुपए की विन है आप यहां पे देखेंगे ये लॉस है ये लॉस है ये लॉस है और यहां पर ये यह, आप देखेंगे विन है आप देखेंगे बाईस तारीख में ये विन है और ये विन है शुरुआत में जो है गाइज मैंने विन किया था ठीक है ये आप देखोगे ये विन है इस टाइम यहाँ पे फिर 22 तारीख में ये लॉस है ठीक है ये लॉस है ये लॉस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये विन है ये विन है और आप देखेंगे ये लॉस है और आप देखेंगे ये विन है ये लॉस है आप देखेंगे ये लॉस है ये लॉस है आप देखेंगे यहाँ से शुरुआत में जो है मुझे लॉस 22 तारीख से लॉस होना शुरू हुआ था फिर जो है मुझे विन होना शुरू हुआ और फाइनली जो है मैंने अपनी ट्रेडिंग वहाँ पे इस्टॉप की 22 तारीख में जहाँ पे जो है मैं प्रॉफिट में था ठीक है अब ठीक इसी तरीके से 21 तारीख़ में भी जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इक्कीस तारीख की भी जो है रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आएगा ये बीस में आप देखेंगे कितना जो है मुझे प्रॉफिट हुआ था ठीक है मार्किट के ऊपर बात होती है और मैं आपको सिर्फ़ इक्कीस तारीख में दिखाना चाहूँगा 21 तारीख़ में साढ़े तीन सौ की लॉस आप देखेंगे साढ़े तीन सौ की लॉस फिर 700 सौ की जो है विन यहाँ पे देखेंगे फिर 700 सौ की विन 1500 सौ की लॉस 1500 सौ की लॉस 1000 की विन 1000 की विन और यहाँ पे 1000 हज़ार की जो है आप देखेंगे विन लॉस गाइज ये जो है मेरी विन ठीक है ये यहाँ पे कुल मिला के इस दिन भी मुझे पंद्रह सोलह सौ सो रुपीज़ का विन हुआ था टोटल ट्रेड में तो एक्चुअली मैं ट्रेडिंग कहाँ पे समाप्त कर देता हूँ अगर मेरा शुरुआत में पाँच हज़ार का या दस हज़ार का या दो हज़ार का या जितने का भी जो है लॉस होता है एक्चुअली उसे रिकवर करते ही सार जैसे ही मैं प्लस में चला जाता हूँ पाँच हज़ार दो हज़ार प्लस जो है मुझे बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि मैं एक्चुअली आदि नहीं हूं ट्रेडिंग का मैं आपको बता दूँ आप लोग आदि होते हो आपको कई बार ऐसा होता होगा कि आप शुरू में लॉस कर जाते हैं उसके बाद जो है आप विन कर जाते हैं ठीक है फिर से जो है आप लॉस करना शुरू करोगे फिर और ज़्यादा लॉस करना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी एक्चुअली अगर आप ट्रेडिंग करो सपोज़ करो मेरे अकाउंट में एक लाख थे ठीक है मैं यहाँ पर लॉस में भी गया ठीक है एक टाइम ऐसा आया कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे जो है लगभग एक लाख तीस हज़ार रुपीज़ के करीब रह गए थे तो तीस हज़ार रुपीज़ का मुझे लॉस हो चुका था मैंने आप लोगों को लाइव भी दिखाया है हिस्ट्री में फिर जो है मैंने बेनिफिट करना शुरू किया और जैसे ही मेरे अकाउंट में एक लाख पैंसठ हज़ार सात सौ अठासी रुपीज़ हो गए और मुझे यह लगा कि हाँ भाई अब तूने पाँच हज़ार जो है अर्निंग कर ली है तो गाइज मैंने अपनी ट्रेडिंग इस्टॉप कर दी क्योंकि मैं बेनिफिट में आ गया मुझे प्रॉफिट चाहिए मुझे अपना लॉस ज़्यादा नहीं करना है तो प्लीज़ आप लोगों को भी मैं यही समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इस तरीके की ट्रेडिंग करें कि आप एक लिमिट बना लें प्रॉफिट की अगर आपको शुरू में लॉस हो रहा है तो उसको जो है आप कवर कर लें और जैसे ही आप बेनिफिट में जाएँ ट्रेडिंग को छोड़ दें ठीक है क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जितना आप इसमें बढ़ोगे ये आपको अपनी तरफ खींचेगी जितना आप बेनिफिट की तरफ जाओगे उतना ही आप यहाँ पे लॉस की तरफ भी जाओगे ऊट पटांग ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ और मैंने देखी है गाइज मुझे भी इस चीज़ का पता है अगर आपको ट्रेडिंग करते समय घबराहट हो जाए ठीक है और आपको ये लगे कि ट्रेडिंग अब मुझसे नहीं हो रही है तो रिलैक्स होइए पहले अपना माइंड फ्री करिए ठीक है वहीं बैठे रहिए बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत कीजिए और मार्केट को देखते रहिए जब आपको लगे कि 90% गाइस अब मेरा चांस है तब जो है आप रिक्स लीजिएगा ठीक उसी तरीके से गाइस मैं भी करता हूँ रियली बता रहा हूं, भी इसी तरीके से करता हूँ रिलैक्स होता हूं चाहे मुझे में दो दफे ट्रेडिंग करता हूँ ज्यादा कर तो नाइनटी एक टाइम ट्रेडिंग करता हूँ पर कभी कभी जो है मुझे सिग्नल फॉलो मतलब कराने होते हैं अपने वी आई पी ग्रुप में तो मैं दो दफे ट्रेडिंग कर लेता हूँ आप लोगों ने यहाँ पे गाइज लाइव देखा है और मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री तो गायस आप भी इसी तरीके से ट्रेडिंग करें और हाँ हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज़ हमारे टेलीग्राम का और बिनोमो का क्यूटेक्स का भी इसके थ्रू आप अकाउंट बना लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे फ्री कोर्स फ्री सिग्नल फ्री एडवाइस तो जल्दी जाइए अकाउंट बनाइए और बेनिफिट लीजिए बिल्कुल फ्री में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गायज़ तब तक के लिए गुड बाय आपका दिन सुबह